नमस्कार मित्रों मैं आशीष वत्स आप सभी के हृदय कमल पर विराजमान उन क्षीर सागरवासी भाव भय हंजन भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की उस जो आलोकित दीप्ति है उसको शीश झुकाकर कर प्रणाम करते हुए और होली के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के जातक आखिर में होली में क्या ऐसे प्रयोग करें कि होली उनके लिए यादगार रहे मित्रों आप सभी इस तथ्य से भलीभांति भांति अवगत है कि त्यौहार जो है ये भारतीय संस्कृति एवं जीवन परंपरा का एक अभिन्न अंग है और इन त्योहारों में सबसे रंग बिरंगा सबसे अनोखा हृदय को प्रफुल्लित व उत्साहित करने वाला यदि कोई त्यौहार है और आपके मन में नवचेतना का संचार करता है तो निर्विदा निर्विवादित रूप से ये कहना होगा कि ये त्यौहार है होली आह हाहा हा, हा। सोचिए कितना मतलब सुरम्य व सुंदर वातावरण होता है जब ठंडी ठंडी हवाएं हमारे चेहरे पर पड़ती है साथियों फाल्गुन की हल्की ठंडी बयार होती है और भगवान सूर्य नारायण अपनी दिव्य रश्मियों के साथ भारत भूमि को एक नई ऊर्जा एक नव चेतना दे रहे होते हैं प्रदान कर रहे होते हैं हम लोग पहले तो साथियों है ना कितना जो है अच्छा दिव्य और अलौकिक त्योहार इस पर्व का देखिए प्राकृतिक अपितु साथ ही साथ ज्योतिषीय व धार्मिक महत्व भी है दर्शकों ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला हिंदू धर्म ग्रंथों व साहित्य में भी इस त्योहार का बड़ा ही विषद और मनोहारी वर्णन देखने को मिलता है कथा कुछ यूँ है दर्शकों आपसे आधे मिनट की जो है हम अनुमति चाहते हैं तीस सेकंड में सुना रहे हैं जब दैत्य राज का श्यपू अपनी शक्ति के आवेश में मतान्ध होकर अपने पुत्र भक्त वत्सल प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा अंगनी कुंड में भस्म करने का एक इन्होंने विफल प्रयास किया था लेकिन धन्य है भगवान विष्णु उनकी कुछ कृपा ऐसी ही हुई कि होलिका स्वयं उस अग्नि कुंड में जो है भस्मीभूत हो गई जबकि होलिका को वरदान था कि अग्नि उन्हें कभी जला ही नहीं पाएगी दर्शकों को कहते हैं ना कि तीन लोग चौदह भुवन चाहे बैरी होए और जाको राखे साइया मार सके ना कोई जीवन और मृत्यु ईश्वर तो के हाथ में है वो जब चाहेंगे तब आपको बुला लेंगे जिसको जीवन देना होगा उसको जीवन देंगे हाँ तो मित्रों होली के इस पावन कथा के बाद अब हम चलते हैं आपके मतलब की चीज़ जी हाँ कन्या राशि के जातकों बिल्कुल सही आप जो है सोच रहे हैं आपकी राशि आपका लग्न आपका नक्षत्र आपका नाम अक्षर इस दिव्यतम अवसर पर वह कौन सा ऐसा एक प्रयोग वो कौन सा ऐसा एक उपाय आपके भाग्य को बदल करके रख देगा जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा क्योंकि आपने अपने करियर अपने परिवार अपने स्वास्थ्य अपने बजट अपने धन के संबंधित जो भी गोल सेट किए हैं साल में एक ऐसा त्यौहार होता है कि इनमें आप इन सभी को अचीव कर सकते हैं कुछ छोटे से उपाय करके तो कन्या राशि के जातको सतर्क हो जाइए पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और जो भी हम उपाय बताएंगे आप अपनी लेखनी से इसको लिपिबद्ध करिए हमारे उपायों को ध्यान ध्यान से आप सुने इन उपायों को दूसरों के साथ विभिन्न सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं इस पर आप लोग शेयर जरूर करिएगा निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी क्योंकि दर्शकों देखिए कहते हैं ना कि अधिक से अधिक लोगों तक यदि आप माध्यम बनते हैं लाभ पहुंचाने का तो ईश्वर भी आपको जो है मदद करेगा होलिका दहन वाले दिन कन्या राशि के जात को ध्यान से सुनिएगा आपको करना क्या रहेगा इससे होलिका दहन कब है इससे, इससे संबंधित एक हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है तो होलिका दहन वाले दिन आपको करना क्या रहेगा रात्रि में आप लोग सफेद तिल ले लीजिएगा थोड़ा सा थोड़ा सा काला तिल ले लीजिएगा गुड़ ले लीजिएगा लाल रोली ले लीजिएगा और एक टुकड़ा आपको कपूर का लेना रहेगा अब इन सभी सामग्रियों को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज सात बार घुमाना है जी हाँ दर्शकों बामावर्त सात बार घुमाना है मुठ्ठी में लेकर के और उसके बाद उन सामग्री को आपको होलिका में आहूति कर देनी है ये छोटा सा प्रयोग करिएगा निश्चित रूप से जो भी आपके शरीर पर नेगेटिविटी है जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास है वो होलिका की जो है अग्नि में भस्म हो जाएगा बिजनेस और व्यापार में लाभ के लिए होली के दिन आपको करना क्या रहेगा जिस दिन रंग खेला जाएगा उस दिन मॉर्निंग में आपको एक पिंक कलर का जो है गुलाल का एक पैकेट लेना रहेगा आप पिंक कलर का भी ले सकते हैं और आप ग्रीन कलर का भी ले सकते हैं आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा तो ग्रीन कलर या पिंक कलर का कोई एक गुलाल का आप पैकेट ले लीजिएगा उसमें आपको सात गोमती चक्र रखना रहेगा और एक मोती शंख उसमें आपको रखना रहेगा एक आपको चांदी का सिक्का रखना रहेगा और दर्शकों थोड़ा सा उसमें आप लोग नाक के डाल दीजिएगा चुकी दर्शकों देखिए मोती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोती की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई है और मां लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय ही हुआ है तो इस हिसाब से मोती संख जो है ये मां लक्ष्मी के भाई कहे जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में जो है धन लाभ के लिए मोती संघ का प्रयोग कराया जाता है तो हरे रंग के रेशमी वस्त्र पर या पिंक कलर के रेशमी वस्त्र में इन सभी सामग्रियों को गुलाल के पैकेट में डाल करके आप लोग रख दीजिएगा और लाल रंग के मौलिक से आपको जो है उसको बांध देना है और अपने लॉकर में, में अपने गले में अपने कैश बॉक्स में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं धन लाभ के लिए होली के दिन किया जाने वाला यह बहुत ही उम्दा प्रयोग है यह आप लोग कर लीजिएगा अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं व्यापार और नौकरी में यदि आपको बड़ी निराशा लग रही है बहुत प्रयास आपने किए और आपकी जॉब नहीं लग रही है मनपसंद नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है तो कन्या राशि के जात को आपको करना क्या रहेगा होलिका दहन वाले दिन रात्रि के समय एक आपको पीले रंग का दाग रहित नींबू लेना है कोई भी दाग उसमें लगा हुआ ना हो और उस नींबू को आपको रात्रि ग्यारह से बारह बजे के बीच एक चौराहे की ओर जाना है एक अपने साथ चक्कू रख लीजिएगा चार बराबर फाकों में उसको काट लीजिएगा या भाग में कर लीजिएगा और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लाक वाइज सात बार घुमाइए और चारों दिशाओं में आपको उसको फेंक देना है शर्त बस इतनी रहेगी कि आपको पीछे पलटकर देखना नहीं है पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा इस उपाय को यदि आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो शीघ्र ही आपको रोजगार की प्राप्ति होगी इसमें तो कोई संशय ही नहीं है करके देखिएगा कन्या राशि के जात अब चलते हैं जिस दिन रंग खेला जाएगा अर्थात होली वाले दिन आपको किन रंग के वस्त्र व परिधानों का प्रयोग करना होगा और कौन सा रंग होली खेलने के लिए सर्वथा आपके लिए भाग्यशाली होगा तो मित्रों जो कलर से जिस रंग से आप होली खेलेंगे कोशिश कीजिएगा ब्राउन कलर का आप कोई परिधान पहन सकते हैं या ग्रीन कलर का कोई परिधान पहन के यदि आप होली खेलते हैं तो निश्चित रूप से ये होली आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगी किन रंगों का प्रयोग करना है तो आप पिंक कलर का आप ग्रीन कलर का आप जो है नीले रंग का ब्लू कलर का और सिल्वर कलर का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं इन रंगों के यदि प्रयोग से आप होली खेलते हैं तो निश्चित रूप से दर्शकों हम कहेंगे कि आपके लिए होली यादगार रहेगी तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अपने आशा व विश्वास को ऐसे ही हम पर बनाए रखिए हमें प्यार व आशीर्वाद से ऐसे ही अभि करते रहिए इस वीडियो को लाइक करते रहिए इस वीडियो को जम करके शेयर करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए आपका हृदय से आभार जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो को जो है एक नए व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ दर्शकों होली की अविरल शुभकामनाओं के साथ आप सभी से हम विदा लेना चाहते हैं दीजिए इजाजत हैप्पी होली vida ni sa